मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है पांच लाख तक के इलाज के लिए सभी जगह आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सभी जगह बनाए जा रहे हैं उन्होंने कहा दस स्वास्थ्य सेंटर है जिन्हें हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाया गया है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कहा कि दस हजार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं यहां दवाइयों की सुविधा बढ़ाई है सीएचओ की सुविधा दी है जांचों की सुविधा बढ़ाई गई है इसके बाद भी अगर कुछ जांच की जरूरत होगी तो जांच सैंपल लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाँच कराते हैं उन्होंने बताया की उनकी झाबुआ स्वास्थ्य केंद्र से बात हुई है स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन बीस मरीज आ रहे हैं उन्होंने बताया की टाटा की संस्था मध्य प्रदेश स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ाने में सहयोग करेगी नहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत वर्ष में आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी आप देख रहे हो आयुष्मान कार्ड भी हम लोग पांच लाख तक के इलाज के लिए सभी जगह पर बना रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सभी उप केंद्रों को हम लोग कर रहे हैं मध्य प्रदेश में लगभग दस हजार केंद्र है उनको हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उनको बनाया है वहां दवाइयों की सुविधा भी बढ़ाई है सीएचओ हम लोगों ने वहां पर पोस्ट किए हैं और वहां पर जांचों की सुविधा भी बढ़ाई है और उपस्वास्थ्य केंद्र अभी मैं आज झाबुआ जिले के उपस्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केंद्रिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल से अभी बात करके ही मैं आ रहा हूँ मैंने बात मैंने सीएचओ से वहाँ बात की उन्होंने बताया कि लगभग बीस पेशेंट डेली उप स्वास्थ्य केंद्र में आ रहे हैं और वहाँ पर आयरन सुक्रूज के इंजेक्शन वहाँ पर लग रहे हैं दवाइयाँ उपलब्ध है जांचें वहाँ पर है और अगर और जाँचों की आवश्यकता होती है तो वहाँ से सैंपल लेके जो हमारा जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो अब हाँ एन के अंतर्गत से भी हम लोग जांच कराते हैं और आज जो टाटा की संस्था है जो इसमें हमारे मध्य प्रदेश के तेईस जिलों में 500 सौ उपवास केंद्रों को और उसको एक्सटेंशन करने के लिए वो सहयोग करेंगे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज